तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है कहता हूं कि तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है तू तो कहीं हो, मेरे अंदर से नहीं जाती